प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदे को उड़ने में वक्त तो लगता है, की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था, तय करने में वक्त वक्त तो लगता है। वक्त तो लगता है, है, दिले नादान तुझे हुआ क्या दिले नादान तुझे हुआ क्या आखिर इस दर्द की दवा क्या है को उनसे वफा है उम्मीद जो नहीं जानते कि वफा क्या है वा क्या है